प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है इस बीच प्रबंधन की लापरवाही के चलते रायसेन के जिला अस्पताल के एसएनसीयू इकाई और प्रसव वार्ड में पानी घुस गया यह क्षेत्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुर चौधरी का है रायसेन जिला अस्पताल में बारिश का पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है यह अस्पताल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है अस्पताल में पानी भरने से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है बताया जा रहा है कि लापरवाही चलते के चलते अस्पताल के एसएनसीयू इकाई और प्रसव वार्ड में पानी घुस गया जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं पानी भरने से अन्य बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है अब जब ये हालात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का है तो अन्य अस्पतालों के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है